जा जाई मैं दीवार को काट रहा हूं तू काट रहा है दौड़ो सामने की तरफ ने कर लिया लिया ठीक है सर पर दो बना एक बना और क्या थ्री था थ्री था पर था और और इधर पे कंट्रोल्ड में और बढ़िया